जय हिंद ये बाल विकास का पार्ट दस है जो लोग पार्ट एक से नौ तक नहीं देखे हैं वो हमारे चैनल पर जाकर देख लें और यदि आपको चैनल पर जाने में दिक्कत हो रही समस्या हो रही तो यहाँ पर एक आई बटन होगा वहाँ पर वीडियो के लिंक मिल जाएंगे आप जैसे वहाँ पर क्लिक करोगे हमारे वीडियोस पर पहुँच जाओगे तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न प्रश्न नंबर एक है शिक्षण सिद्धांतों में निहित है क्या निहित है ऑप्शन ये शिक्षण का व्यवहार बी छात्र का व्यवहार शिक्षक का व्यवहार या उपयुक्त में कैसे सभी तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोग बताइए क्या होगा सबसे पहले ये है कि आप लोग पेन पेपर लेकर बैठिए प्रत्येक प्रश्न के आगे आप लोग टिक मारिए कि विकल्प ए सही है या बी सही है या सी सही है और फिर जब आखिरी क्वेश्चन हो ना तो आप अपने नंबर काउंट करिए कि कि कितने पाए हो यदि आप बीस सवाल में से पंद्रह अट्ठारह पाए जाते तो समझिए आपकी तैयारी अच्छी है तो प्रश्न नंबर एक का सही उत्तर बताइए क्या होगा तो प्रश्न नंबर एक का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी छात्र का व्यवहार प्रश्न नंबर दो शिक्षण का संबंध होता है किसे होता है ऑप्शन ए अधिगम से बी अभिभावकों से सी विद्यालय से या फिर डी राज्य से तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अधिगम से प्रश्न नंबर तीन शिक्षण अधिगम सिद्धांत नहीं है ऑप्शन ए क्रियाशीलता का सिद्धांत बी प्रेरणा का सिद्धांत सी रुचि का सिद्धांत या फिर डी प्रयोगत्मक कार्य का सिद्धांत बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा क्रियाशीलता का सिद्धांत नहीं है बाकी तीनों है प्रश्न नंबर चार संप्रेषण वह साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति एक संगठन में एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं ताकि एक साझा या सामान उद्देश्य प्राप्त किया जा सके या कथन किसका है आप सने एडगल लेगा बी सी आई बर्नाड का या फिर डी लिगन्स का या इनमें से कोई नहीं प्रश्न नंबर चार का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सी आई बर्नाड का प्रश्न नंबर पाँच सम्प्रेषण के प्रकार हैं ऑप्शन ए शाब्दिक संप्रेषण अशाब्दिक संप्रेषण ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं तो संप्रेषण कितने प्रकार हो सकते हैं बताइए प्रश्न नंबर पाँच का उत्तर बताइए क्या होगा तो प्रश्न प्रश्न नंबर नंबर का सही उत्तर होगा ऑप्शन ऑप्शन सी सी संप्रेषण संप्रेषण और दोनों हो सकता है के घटक कौन-कौन से हैं प्रेषक संदेश C, ग्राही या फिर डी इनमें से सभी प्रश्न नंबर छह का सही उत्तर क्या होगा तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी ये सभी प्रेषक जो संदेश को भेजता है संदेश जो संदेश भेजता है सी जो संदेश पाता है तो इसलिए एक संप्रेषण में ये तीनों की उपस्थिति जरूरी है प्रश्न नंबर सात निम्नलिखित में से सर्वद्य सामग्री कौन सी नहीं है आपसे ने रेडियो बी चलचित्र सी टेलीविजन या फिर डी कंप्यूटर सर्वदृश्य का मतलब यह है जिसमें सुनाई भी दे और दिखाई भी दे तो इसी कौन सी ऐसा कौन सा उपकरण है इसमें जिसमें सुनाई और दिखाई दोनों देते नहीं है कौन है तो ऑप्शन है रेडियो प्रश्न नंबर सात का ऑप्शन है रेडियो रेडियो में केवल आपको सुनाई देगा जबकि टेलीविजन चलचित्र और कंप्यूटर में सुनने के साथ साथ दिखाई भी देता है प्रश्न नंबर आठ प्रभावी संप्रेषण की प्रक्रिया होती है ऑप्शन ऑप्शन तो दो दो पक्षी ऑप्शन सी एक पक्षी और दो पक्षी दोनों डी उपरुक्त में से कोई नहीं तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी प्रश्न नंबर नौ शिक्षण प्रक्रिया के पक्ष हैं ऑप्शन ए बी सी पाठ्यवस्तु, या फिर डी ये सभी प्रश्न नंबर का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी ये सभी. प्रश्न नंबर दस शिक्षण सिद्धांत का अधिनियम है ऑप्शन ए अभ्यास बी क्रियाशीलता सी प्रतिक्षिकण या फिर डी ये सभी बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी ये सभी प्रश्न नंबर 11 दार्शनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया ऑप्शन ए ब्रूनर ने बी बीओ स्मिथ ने सी फलैंडर्स ने या फिर डी सुक्रात ने तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोग बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सुक्रात प्रश्न नंबर 12 शिक्षण का सूत्र नहीं है ऑप्शन ए ज्ञात से अज्ञात की ओर बी पूर्ण से अंश की ओर सी स्थूल से सूक्ष्म की ओर या फिर डी प्रेरणा का सिद्धांत बहुत ही इजी और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी प्रेरणा का सिद्धांत बाकी ऊपर के तीनों सिद्धांत शिक्षण के सूत्र हैं जबकि ये सूत्र नहीं है नंबर जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मूर्त से अमूर्त की ओर प्रश्न नंबर चौदह ज्ञान पर आधारित शिक्षण सूत्र है ऑप्शन ए ज्ञात से अज्ञात की ओर बी मूर्त से मूर्त की ओर सी पूर्ण से अंश की ओर या फिर डी सरल से कठिन की ओर इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोग बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी पूर्ण से अंश की ओर प्रश्न नंबर 15। शिक्षण को पूर्व ज्ञान पर ही नए ज्ञान को आधारित करना चाहिए यह कथन किस शिक्षण सूत्र की ओर संकेत करता है ऑप्शन ए ज्ञात से अज्ञात की ओर बी पूर्ण से अंश की ओर, सी स्थूल से सूक्ष्म की ओर या फिर डी सरल से कठिन की ओर तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोग कर लिए होंगे यदि आप लोगों ने लगाया ऑप्शन बी तो यह बिल्कुल गलत है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए ज्ञात से अज्ञात की ओर ऑप्शन ए ज्ञात से अज्ञात की ओर प्रश्न नंबर सोलह शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं जिनमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है यह कथन किसका रूसो का बी का, B, रेमेंट का सी गुली का, या फिर डी आर के शर्मा का तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी हार्बर्ट गुली का प्रश्न नंबर सत्रह व्याख्यान विद में छात्र बने रहते हैं क्या बने रहते हैं ऑप्शन है मुक बी सक्री सी निष्क्रिय या डी इनमें से कोई नहीं तो प्रश्न नंबर सत्रह का सही उत्तर क्या होगा प्रश्न नंबर सत्रह का सही उत्तर होगा व्याख्यान विधि छात्र क्या बने रहते हैं बी सक्रिय बने रहते हैं स्पष्टीकरण युक्त की विशेषता नहीं है आप उपयुक्तता, बी क्रमता सी भाषा या फिर डी इनमें से सभी प्रश्न नंबर अठारह का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी प्रश्न नंबर 19 भ्रमण प्रविधि के चरण है आप सैक्षिक उद्देश्य या उपकरण का प्रकरण का चुनाव बी पर्यटन स्थल का चुनाव सी पर्यटन स्थल सामग्री या फिर डी इनमें से सभी इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोग बताइए तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपरुक्त सभी प्रश्न नंबर बीस प्रयोग प्रदर्शन विधि सर्वाधिक प्रयुक्त होती है किस पर होती है ऑप्शन ए इतिहास विषय पर बी भाषा विषय पर सी विज्ञान विषय पर या फिर डी नागरिक शास्त्र विषय पर इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोगों को देना है बताइए तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी विज्ञान विषय के लिए विज्ञान विषय में तो ये प्रश्न इस मॉक टेस्ट का आखिरी प्रश्न था आपको वीडियो कैसा लगा वीडियो के बारे में आप लोग लिखिए वीडियो को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल को हमारे शेयर करें है। मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद